मुतवसत और गरीब आदमी तो सारी ज़िंदगी रिश्ता कुल्लू में बैल जुता हुआ होता है काम काज में जुते रहते हैं और कमाई कर कर के लोगों की ज़रूरतें ही पूरी करते रहते हैं एक बेटी की शादी की और जमाशुदा पूंजी उस पे लगा दी मकरूज हो गए फिर कुछ ऐसा कर्जा उतारते रहे और फिर उसके बाद बेटी की शादी की तैयारी में लग गए और इसी तरह बेटों की शादियां भी आसान नहीं रही उसमें भी जो दौरे मौजूद के तकाजे हैं और फिर जिस तरह भारी और भरकम वलीमा करने का एक कल्चर पैदा हुआ है जिससे आप ये माशरे को बताना चाहते हैं अपनी बरदरी को बताना चाहते हैं कि हम इतने मवसर हैं और हमारे ताल्लुक़ इतने वसी हैं आपका कद काट और आपकी शनाख्त वलीमे के हजम से मालूम होगी शादी की तकरीब के बड़ा और छोटा होने से पता चलेगा कि कोई शख़्स कितना मुआरे का बवक़ार शख्स है जबकि माजी में किसी शख्स के किरदार से पता चलता था वो कैसा शख्स है किसी के रवैयों से समझ आती थी कि वो कैसा शख्स है उसके किए हुए वादे बताते थे कि वो कैसा शख्स है उसकी ज़ुबान की सच्चाई उसका तर्ज़ ज़िंदगी उसका अंदाज़ माशरत उसका तर्ज़ वफ़ा बताता था कि वो कैसा शख्स है लेकिन आज चूँकि ये अकदार दम तोड़ गई हैं तो हम अपने आप को बड़ा बताने के लिए और अपनी शनाख्त करवाने के लिए हम इन चीज़ों का सहारा लेते हैं जो किसी शख्स की शनाख्त नहीं होती तकारीबाद का हजम बढ़ा करके और अपनी दौलत की नुमाइश करके और कुछ शख़्सियात को अपने पास मदूफ करके हम ये तासर देना चाहते हैं कि हम इस माशरे के इंतहाई अहम शख्स हैं और हमारे ताल्लुक का सिलसिला बहुत दूर तक फैला हुआ है और नतीजा क्या कि हमारा सारा सरमाया इन्हीं कामों के अंदर सर्फ हो रहा है मुतवसत लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत और बहुत बड़ा मसला बन जाता है और गरीब आदमी भी इस चक्की में पिस रहे हैं ये जहेज का कल्चर और ये लश्कर की सूरत में बारातों की आमद घर के कुछ अफराद और कुछ ज़रूरी लोग अगर आ जाएं तो इसमें कोई हरज नहीं है लेकिन ये पाँच पाँच सौ लोग एक लश्कर की सूरत में बेटी वालों के घर आएं, इसकी कोई तुक बनती नहीं है और फिर लोग शुरू यहाँ से होते हैं कि आपने जो देना है वो तो अपनी बेटी को देना है हमारे ये मेहमान आपके यहाँ पहली बार ही आएंगे तो हमारे मेहमानों को खुश होना चाहिए उनके बैठने का इंतज़ाम अच्छा होना चाहिए उनके खाने का अहतमाम ठीक होना चाहिए हमारा तो बस यही मुतालबा है और फिर वहाँ से रास्ता खुलता है और जहेज़ के मुतालबात भी शुरू हो जाते हैं बेटी वालों पे बोझ नहीं डालना चाहिए लेकिन बेटे वालों पे भी बोझ नहीं होना चाहिए जब किसी मुशरे में निकाह मुश्किल हो जाता है उस माशरे में बदकारी फैलती है इसलिए निकाह को आसान बनाओ ताकि बदकारी की तरफ और आसानी हो। हमें सादगी के साथ निकाह करने की तलकीन की गई